कुंडा मारा अनुच मारे लिए तो आज बंदे बसले पानी टावर पे ना हाथों नाइक नाक पड़ेगा बंद होता मन भूके ना बनना चौर बुसर बाना वर उतर, उतर। एक यार ये तो, तो, तो लो एक उतर प्लेयर का। लरे एक उतरल उड़ उड़ उड़ा चलो आज नहीं तो सामान लूट कर दिखे दिखे। बंदा, कोना है, कोना है? ए, बंदा है कौन कौन नहीं नहीं है है है है बंदा बंदा बंदा मैं मैं बंद मार कर मारा हाँ तो तो आता से आत हम्म <laughs> <laughs>